पढ़ाई के डर से 10 साल का बलदेव घर छोड़कर भाग गया था परिजनों ने गुमशुदगी की, की पुलिस में कंप्लेंट की थी अब 10 साल के बाद पुलिस को बलदेव मिला तो पुलिस ने 10 साल का बच्चा जो अब जवान हो चुका है परिजनों को सौंप दिया है मामला छतरपुर का है जहां 10 साल पहले गुमशुदा हुए बच्चे को छतरपुर पुलिस ने ढूंढ निकाला है परिजनों को सौंप भी दिया है आपको बता दें कि छतरपुर पुलिस ने दस साल पहले गुमशुदा बच्चे को जवान होने पर ढूंढा है और परिजनों के हवाले कर दिया है दरअसल बच्चा बलदेव जब 10 साल का था था। तब वो घर से स्कूल के लिए निकला था। लेकिन पढ़ाई के डर से वो भाग गया और जब बलदेव घर नहीं लौटा तो परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस बच्चे को ढूंढ नहीं पाई और अब जब वो दस साल बाद पुलिस को मिला है तो गुमशुदा बलदेव को पुलिस ने तलाश कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया है दस साल तक बाहर रहे कई जगह इन्होंने काम किया काफ़ी स्ट्रगल किया जब भागे थे तो ये जब ये छोड़ के यहाँ से गए थे तो चौदह वर्ष के थे काफ़ी छोटे थे तो कानपुर महोबा और पंजाब भी रहे लास्ट टाइम ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर तरफ रहे और फिर ये लौटे हैं पुलिस ढूँढ रही थी इनको क्योंकि इनके पास मोबाइल नंबर वगैरह घर से भी कांटेक्ट नहीं किए थे जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई है फिर हमारी टीम ने पता लगा लिया था और आज इन्हें हम लोग ले आए और इनकी दस्याबी किए और फिर इसके बाद इनके परिजन जो भाई हैं, उनको सुपुर्द वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का